हेलो वैश कैसे आप रही हो सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होने चाहिए तो बोल नहीं फारों ढंग से और मैंने काफ़ी दिनों से मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग कपड़े से जज करते हैं ये वाला माइंड में, में मेरे कैसे आ बातें मेरे माइंड में कभी चलती नहीं थी कि अरे कपड़े से कुछ मैक करता है क्या करता है क्या नहीं करता अगर आप किसी को कपड़े से जज कर रहे हो तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है कि कभी कभी भी किसी को कपड़े से नहीं जज करना चाहिए बात समझ लो कभी भी माइंड में अपने दिमाग में सेट कर लो कि कपड़े में नहीं जज कर रहे कपड़े से कुछ नहीं होता है इंसान का कंटेंट कैसा है इंसान कैसे बिहेवियर है उसका उसको उससे जज करो ना उसकी कामयाबी उसके तरक्की जो उसकी मतलब जो भी है मतलब आप समझ पा रहे हो मैं बोल नहीं पा रहा हूं मेरे पास वर्ड ही नहीं है इसके लिए तो मतलब उसको उसकी मेहनत के ऊपर जज करो ना आप उसके कपड़े से क्यों जज करें और ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कल मैं गरीब एम एस ब्लॉग मुकेश भाई का मैं ब्लॉग देख रहा था कि उनको बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे एक ही कपड़े में वीडियो बनाता है तो भिखारी है एक कपड़ा हफ्ते भर दो दो महीने पहनता है तो मतलब बहुत सारा और शादी में गए थे तो वही कोई भी जाता है तो दो दोस्त यहाँ जाते हैं, दो से चार दिन ही रुकता है उससे ज़्यादा नहीं रुकता है तो उन्होंने तीन से चार कपड़े लेके गए थे उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके गए तो क्या करेंगे हफ्ता भर रुक गए तो फिर तीन कपड़ा है तो तीन दिन ही चलेगा हफ्ते में सात दिन होते तो एक ही कपड़े को रिपीट करके पहनना पड़ा और हफ हप, एक हफ़्ता हो गया एक हफ्ते के बाद उन्होंने क्या सामने जिसके यहाँ गए थे भाई कोई भी रहेगा मेहमान को रोकेगा गए कि चलो आज नहीं कल जाना बाद में ऐसा ऐसा है तो वही सब सीन था उनके यहाँ बहुत गर्म हो रहा है तो वही सब सीन था उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ उनको तो मैंने कल के बहुत सारे उनके बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़े उन्होंने ब्लॉग में भी डाला कि यार ऐसा मत करो ऐसे कॉमेंट्स मत करो आपको वीडियो नहीं देखना है तो मत देखो तो मैं बोल रहा हूँ भाई वीडियो देखो क्योंकि अगर आपको हेट करने वाले नहीं रहेंगे तो प्यार करने वाले करके कर मतलब नहीं मतलब जब हेट मिलेगा तो ही आप सोचेंगे नहीं मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे अभी आगे जाना है तरक्की करना है तो मुकेश भाई को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अगर वो देखेंगे तो मैंने उनको मैं उनको मेंशन कर दूँगा और उनके भाई को भी ये वीडियो भेज दूँगा अगर उनके भाई अगर भेजना चाहते तो विकास सानी तो वो भेज देंगे उनको तो मुझे पता है वो भेज देंगे तो बोलूँगा कि जो है अभी आप थोड़े अपने कलेक्शन बढ़ाओ कपड़े में तो कैसा तो आप अपने कपड़े में कलेक्शन बढ़ाओ और किसी को बोलने का मौका मत दो कि जो है आप शौक देख रहा है इसमें भी कम से कम मेरे एक ही जैसे कपड़े में दो तीन वीडियो आ जाते समझ रहे हो तो चलते अभी इतना ही बोलना था मुझे बाकी का आप समझ ही सकते हो क्या है तो मोबाइल ओवरऑल फुल हो गया है एकदम फुल हो गया है इसमें तो चलते इसको भी डिलीट करना है पुराना वाला भी न्यू फ़ोन आएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा तो चलते nakna nakna